आज हम आपको ऐसे रहस्य की सैर कराने जा रहे हैं जिसमें प्रवेश करने के बाद लोग थरथर थर कांपने लगते हैं ऐसा माहौल जिसमें आपको डर का एक नया एहसास होगा यह वीडियो सत्य घटना पर आधारित हैं इस वीडियो में आज हम आपको 10 ऐसी विचित्र भूतिया घटनाओं के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कहते हैं सच्चा प्यार कभी नहीं मरता अक्सर लोग दावा करते हैं कि प्यार सच्चा हो तो लोग कभी जुदा नहीं हो सकते डेनिस रसेल अपनी नाती पोतों के साथ पिकनिक का मज़ा ले रही थी उनकी एक तस्वीर में उनके पति का भूत दिखा कुछ साल बाद दादी डेनिस भी चल बसी उनके बच्चों द्वारा 2000 में क्रिसमस पार्टी की एक फैमिली एल्बम देखने के दौरान एक तस्वीर में उनकी स्वर्गीय दादी के साथ बुज़ुर्ग आदमी के साय को फिर देखा गया यह उनके डेनिस के पति का भूत था एक किस्सा टेक्सास के सेंट एंटोनियो में रेलरोड भूत का कभी है सेंट एंटोनियो में रेलरोड क्रॉसिंग में अदृश्य महिला का भूत फोटोग्राफ में देखा गया भूतों की ली गई तस्वीरों में इस तस्वीर पर सबसे ज़्यादा बात की गई है यहां कुछ साल पहले स्कूल के बच्चे कट मर गए थे इसमें मिडल एज महिला को नाइट ड्रेस में दिखाया गया साथ में उसके साथ एक टैडी बियर या फिर कुत्ता भी दिखा। ऐसा ही एक किस्सा इंग्लैंड के हटफोडश में फार्म भूत का भी है 2008 में शादी की तस्वीरें खींचने वाले फ़ोटोग्राफर नील सैंडबैक ने हटफोडश में एक फार्म की कुछ तस्वीरें उतारी यह शादी होने से पहले की लोकेशन थी नील ने जब कंप्यूटर में इन तस्वीरों को देखा तो अवाक रह गए एक तस्वीर में उन्हें बच्चे का चमकता हुआ भूत दिखा जबकि फोटो लेने के दौरान उस समय कोई नहीं था लोगों से कुछ घटनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पुलिस मुठभेड़ में कई लोग मारे जा चुके हैं जिसमें एक वह भूत वाला लड़का भी था डिसेबल होटल का भूत डिसबल होटल रोमानिया देश का सबसे पुराना होटल है लोगों का मानना है कि यह होटल एक बड़े प्राचीन जमीन में दफन खजाने के ऊपर बना है और एक काला साया उसकी रक्षा करता है 2008 में यह बात उस समय पुख्ता हो गई जब 33 साल की विक्टोरिया इवोन ने एक काले साए वाली महिला की तस्वीर खींची बर्स्टीट चर्च में व्हाइट लेडी भूत 1975 की बात है बर्थलॉट परिवार रोजाना चर्च में प्रार्थना करने जाता था उस दौरान श्रीमती बर्थलॉट एंटीबायोटिक्स पर जी रही थीं। वे बेंच पर बैठकर प्रार्थना कर रही थीं और दूर बैठे उनके पति तस्वीर ले रहे थे जब तस्वीरें बनकर आई तो श्रीमती के पीछे सफ़ेद औरत का भूत बैठा हुआ था इस तरह की कहानी वहाँ प्रचलित हो गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रार्थना के दौरान झुकता है तो वह साया उसके पास आ जाता है सेफ्टन चर्च का भूत ग्रेट ब्रिटेन अपने भूतों से जुड़े किस्सों के लिए मशहूर है सेफ्टन चर्च भी इससे अछूता नहीं है एक बार चर्च में प्रार्थना के दौरान आने वाले भक्त ने दूर खड़े काले साए को कैमरे में कैद किया कब्र पर छोटे बच्चे का साया ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक मां अपनी बेटी की कब्र पर हर बार शौक़ करने आती थी श्रीमती एंड्रू ने बेटी की कब्र की एक तस्वीर ली थी जब उसे फिल्म रोल को डेवलप करवाया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ तस्वीर में कब्र पर एक छोटे बच्चे का साया दिखाई दे रहा था वह श्रीमती एंड्रू को घूर घूर कर देख रहा था बाद में जांच में पाया गया कि उनकी बेटी की कब्र के पास ही दो छोटी बच्चियों की भी कब्र थी जो तस्वीर में थी यह किस्सा एक ऐसे फ़ोटोग्राफर का है जिसने एक फ़ोटो ली और उसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जैसे कि वह भूत कह रहा हूँ कि मुझे भूल गए क्या भाई उन्नीस में लॉस एंजलिस में अध्यात्मवादी सम्मेलन में लेखक रॉबर्टे फर्ग्यूसन भाषण दे रहे थे कई फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें ले रहे थे लेकिन एक फ़ोटोग्राफर की तस्वीर में उनके पीछे एक व्यक्ति का साया देखा गया यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना भी मानी जाती है बाद में फर्ग्यूसन ने जांच कर यह स्वीकार किया कि यह उनका भाई बॉल्डर था जिसकी मृत्यु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो गई थी बैचलर ग्रोव कब्रिस्तान का भूत शिकागो का यह कब्रिस्तान अपनी कुछ अजीबोगरीब हालात के कारण बंद कर दिया गया था 1999 में घोष्ट रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों ने इस कब्रिस्तान की जांच के दौरान अपने हाई स्पीड इन्फ्रारेट कैमरे से कई तस्वीरें ली थीं जब यह फिल्म डेवलप होकर आई तो कई लोगों के होश उड़ गए एक तस्वीर में एक अदृश्य महिला बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए दिखाई दी और यह आज की इस वीडियो का आखिरी और बहुत ही फेमस किस्सा है रहम हॉल की ब्राउन लेडी का नोफॉक इंग्लैंड के रहम हाल में 1936 में कैमरे में कैद हुए इस को ब्राउन लेडी कहा जाता था इसमें भूरे रंग के बूटेदार कपड़े पहनी हुई महिला को देखा गया था जिसको देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ गए थे इसका नाम लेडी डोरोथी था जो चार्ल्स टाउनशेंट नामक व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी महिला को विश्वासघात करने पर सजा के रूप में घर में बंद कर दिया था बाद में उसकी मौत हो गई थी इसके बारे में कई लोगों के साथ जॉर्ज पंचम ने भी कहा था कि उन्होंने एक भूरी महिला को देखा है अंत में एक दिन उसकी तस्वीर देखकर उनके होश उड़ गए बाद में यह तस्वीर लाइफ मैगजीन में भी प्रकाशित हुई